हिसार सफेदा का बाग है जो इस समय 18 बाई अठारह पर है ये पौधे ढाई वर्ष के हैं कुछ पौधे देखिए ऐसे छोटे हैं जैसे ये वाला पौधा और बाकी सब जो हैं, इतने बड़े पौधे हैं इस बाग पर मैं 11 महीने पहले आया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नंबर है 265 सौ पैंसठ नंबर आप उसे थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को उस समय इस बाग में पौधे इतने बड़े बड़े थे जैसा ये पौधा है कुछ पौधे हमारे छोटे रह गए उसका कारण है कि इनमें नीमा टोड़ बहुत अधिक था इन पौधों में जो ये है और इस वाले को देखिए हमने सबसे पहले इन पौधों की जो ये बड़े बड़े पौधे हैं और छोटे हैं इनकी कटिंग की थी ये डेढ़ वर्ष के पौधे थे उस समय और जो हमने कटिंग की थी तो अब देखिए इनकी कैनोपी इसलिए हो गई हमारा कटिंग का उद्देश्य था केवल कैनोपी बनाना आप देखिए अब ये पौधा कितना अच्छा है और इस पर फल भी लगे हुए हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे ये देखिए इस बार हमारा उद्देश्य फल लेना नहीं था क्योंकि हमें पौधों को सही करना एक था एक और था। इनको बीमारी मुक्त करना था जो छोटे पौधे है। हैं उनमें बहुत अधिक नीमा मिला था दूसरी बार मैं फरवरी में आया था और तब हमने देखा कि इनमें हमें कुछ गांठें मिली और इन छोटे पौधों में अधिक थी तो इनमें हमें दो बार इलाज करना पड़ा इसका और जो ये बड़े वाले पौधे हैं इनमें एक बार ही हमने दवाई लगाई नीमा टोड़ के इलाज के लिए कई दवाइयां हैं आप प्राइम से भी ट्रीट कर सकते हैं आप कार्बोफुरान से भी ट्रीट कर सकते हैं आप निमिट से भी ट्रीट कर सकते हैं आप कार्बोसल्फान भी यूज कर सकते हैं और आप निस्टोड़ भी यूज कर सकते हैं इसके इलाज के लिए बेसिकली हम शुरू में तीन तरह की दवाइयाँ प्रयोग करते हैं एक इंसेक्टिसाइड और दूसरा निमिटिसाइड जो इन चारों दवाइयों में से कोई भी ले सकते हैं और एक फंगिसाइड अगर आपके पौधों में अधिक मात्रा में निमाटोड़ है तो वहाँ पर सड़न शुरू हो जाती है और वो फंगस बननी शुरू हो जाती है अगर आप फंगस का इलाज नहीं करेंगे तो पौधा आपका रिवाइवल में नहीं आएगा इसलिए फंगिसाइड डालना बहुत जरूरी है इस खेत के जो मालिक हैं वो हैं विनोद जी जो इस समय मेरे साथ हैं और हम इस बाग में खड़े हैं तो आइए विनोद जी से बात करते हैं विनोद जी आप थोड़ा बताइए अपने बाग के बारे में और एक साल पहले और अब में क्या फ़र्क दिखाई दिया नमस्कार तो। साथियों मैं विनोद कुमार फाजल का तहसील का रहने वाला हूँ और मैंने ये 2020 के अंदर ये अमरूद का बाग लगाया था तो अब जो है इसको लगभग ढाई साल हो चुके हैं और पौधे अच्छे हैं और कुछ पौधों में थोड़ा सा नीमा टोट की दिक्कत आई थी तो वो हम उसका ट्रीटमेंट कर लिया है और अब जो है इसका ग्रोथ बहुत अच्छी है पिछले एक साल से तो अब डॉक्टर त्यागी के आने के यहाँ से हमारी जो है इसमें पूरा जो है फर्टिलाइजर और दवाई नीमा की जो है स्प्रे वगैरह तो वो हम पूरा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है पौधा है देखिए ये छोटा रह गया और इस पौधे में जो बाद में भी हमें नीमा मिला इसमें हमें ए, तीन बार दवाई लगानी पड़ी इसमें ये देखिए और ये पहचान है कि ये जो पत्ते हैं पीले पड़ जाते हैं किनारे जो है ना इस प्रकार ये सूख जाते हैं और यहाँ से आप देखोगे तो ये बढ़वार बंद हो जाती है जिस प्रकार इसमें देखिए ये नई पत्ती निकल रही है उसमें ये पत्तियां बिल्कुल गायब हो जाती हैं तो ये हाल इस पौधे का यहाँ पर था अगर आप देखें इस जगह पे और इतनी वृद्धि इसमें दवाई लगाने के बाद हुई है ये इस बात का सूचक है कि नीमा खत्म हो चुका है और आपका इसमें जो फंगस है वो भी खत्म हो चुकी और पौधे ने बढ़वार शुरू कर दी है क्योंकि उसको भोजन मिलना शुरू हो गया है जब भी आप बाग लगाते हैं तो आपके 100 परसेंट पौधे एक से नहीं रहते कुछ में समस्या आ जाती है और कुछ बहुत अच्छे अच्छी ये जो आपके पीछे एक पेड़ है इसके साइड में भी इधर तीन पेड़ है और इस साइड में भी तीन पेड़ है तो ये आपने शुरू में जो पौधे लगाए थे तो किस प्रकार लगाए थे थोड़ा बताइए किसानों को सर ये पहले मैंने जो प्लांट्स लगाए थे लाइन टू लाइन 18 18 फीट थी और प्लांट टू प्लांट मैंने 6 फीट रखे थे अच्छा हाँ तो उसके बाद एक, एक डेढ़ साल के बाद मैंने डॉक्टर त्यागी जी से विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा ये बहुत जो है लेबर का काम बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जो दो पेड़ है बीच में अठारह अठारह फीट के वो आपस में मिल जाएंगे हाँ। तो दूसरे उनकी दूसरे प्लांट्स की बढ़वार जिस प्रकार और इसमें पहले लेबर का भी बहुत खर्चा निराई गुड़ाई का बहुत खर्चा पड़ रहा था मेरे को तो मैंने ये तो सिर्फ थोड़े बहुत दिखाने के लिए एक बारे रखे थे कैसे मैंने प्लांटेशन पहले दिन की थी और अब मैंने सारी जो है अठारह बाई अठारह पे प्लांट्स कर दिए दिए हैं, हैं। बाकी सारे उखाड़ हैं। ये ये ये देखिए देखिए इनके इनके बीच में इनके बीच में में से, से हटा दिया और अब ये बाग जो है ना हमारा 18 18 बाई पर हो गया इस वर्ष हमने अमरूद कम रखे हैं और इसके बाद जो अगले वर्ष है उस पर हम काफी अमरूद अगले वर्ष लेने की कोशिश करेंगे इसमें हु. ए, किसान साथियों कई जगह मैं जाता हूं तो उन्होंने पौधे से पौधे के बीच में दूरी कम रखी है और लाइन से लाइन के बीच में अधिक है तो ये देखिए अब इस पौधे की जो ये मैं दिखा रहा हूं और ये वाला जो बड़ा पौधा है दोनों में कितना अंतर है आप इसकी कैनोपी जो इसका घेरा है वो कभी भी इससे बाहर जहां ये दोनों मिल रहे हैं इससे बाहर नहीं ला सकते पौधा छोटा रहेगा दोनों पौधे छोटे रहेंगे और फल भी कमाएंगे और इसमें आपको कार्य भी अधिक करना पड़ेगा इसलिए मैंने कहा था कि आप इन दोनों पौधों को निकाल दीजिए और इसमें यहां पर हमने ये दिखाने के लिए कि अभी इनका क्या असर है ये पौधे रखे थे और नहीं तो अब पूरे बाग में देखिए ऐसा नहीं है यह और जब मैं इसको अगली बार बाग को दिखाऊंगा तो ये सब लगभग मिल चुके होंगे और हम इसमें फरवरी में हल्की सी कटिंग करेंगे क्योंकि बाग 18 बाई अट्ठारह पर है हल्की सी कटिंग करेंगे और फिर हम इसमें बरसात के और सर्दियों के दोनों फल लेंगे तो विनोद जी ये बताइए जो अब तक कार्य हुए हैं इनसे आपको क्या लगा है बताता बताना चाहूँगा जो हमारे मैंने जितना भी सहयोग डॉक्टर त्यागी से लिया है तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ है सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये पता रखना चाहिए अभी प्लांट टू प्लांट की जो है दूरी कितनी रखनी है किस डेंसिटी पे प्लांट्स अपनों ने लगाने हैं और उसके बाद खाद का और दवाइयों का स्प्रे का और निमाटोड़ कंट्रोल का ये कई चीज़ें हैं जिनसे मुझे डॉक्टर त्यागी ने बहुत हेल्प की है तो मैं यही कहना चाहूँगा अभी डॉक्टर त्यागी जो है अमरूद के बारे में इनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है तो इनसे हेल्प लेना मुझे बहुत बहुत फ़ायदा रहा इसमें मुझे चलिए Uh, किसान साथियों इस इलाके में जो ये अबोर फाजिलका का इलाका है मैंने दो चीज़ें यहाँ पर नोट की हैं जब मैंने मिट्टी टेस्ट कराई एक तो यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लोग धान और गेहूं की अधिक खेती करते हैं और उसमें डाई अच्छी तरह डालते हैं दूसरा यहाँ पर वाइट ग्रभ की समस्या है कि जमीन में लगभग सभी जगह नीचे व्हाइट ग्रभ है और ये बहुत नुकसान करती है जब व्हाइट ग्रब होती है तो जड़ों को काट देती है और जड़ें सड़ने लगती है ये भी एक कारण हो सकता है नीमा टोड़ का तीसरी है कि यहाँ पर जहाँ से भी नर्सरी आती है जो भी जहाँ से ये लोग लाते हैं तो वहाँ से काफी पौधे इनके जो है ना कुछ पौधों में नीमा का असर आता है और जो अगर जिन्होंने फ्लड से किया हुआ है तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने लगता है इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे माता